हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आयो बच्चे होंगे तो हमेशा की तरह मैं एक वीडियो और लेकर के आया हूं तो मैं बता दूँ ओप्पो का एक मॉडल है ओप्पो ए थर्टी वन जो किसी यूज़र ने और किसी टेक्नीशियन ने इसको आई के टाइम पे डैड कर दिया है पर ये फ़ोन कनेक्ट हो रहा है पोर्ट बना रहा है तो सबसे पहले इस फ़ोन को यही होगा कि सबसे पहले हम इस फ़ोन को फ्लैस करें तो ये फ़ोन है जैसा कि मैं पावर की भी प्रेस कर रहा हूँ ये देखें और कोई रिस्पॉन्स नहीं ये है ये एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से डैड है कि देखें मैं पावर के को प्रेस कर रहा हूँ तो ये फ़ोन एक्चुअल में डेड है और हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने वाले हैं ये ओप्पो का A31 मॉडल है किसी यूज़र ने बताया गया है कि ये आई करने के टाइम पे या आई जब उन्होंने किया है तो इसको डेड कर दिया है तो ये सारी चीज़ें हैं तो हम इसमें आपको दिखाएंगे करके सारी चीज़ें क्या क्या करना है स्टेप बाई स्टेप आप फॉलो करिएगा और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को दबा लें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ़ाइनली सारा स्टेप देखिएगा कि कैसे क्या करना होता है तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो में बने रहें चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो so फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा चलिए वीडियो को हम फटाक से स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो ये जो हमारा ओप्पो का फोन था ओप्पो ए तो इसको हम कंप्लीटली फ्लैश करने वाले हैं तो उसके लिए हमें, एक टूल, चाहिए, -T, आ, हमें टूल चाहिए जो हमारे पोर्ट को स्टेबल करेगा को बाईपास करेगा फिर उसके बाद हमें एस फ्लैश टूल चाहिए जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा एस फ्लैश टूल है हम ये एस फ्लैश टूल आप दे सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने वर्जन वी का एस फ्लैश टूल और हमें फ्लैश फाइव चाहिए फाइल डाउनलोड करेंगे तो वो आएगी आपकी ओएफपी फाइल में आएगी जैसा कि मैं आपको दिखा दूं तो ये आपकी जो फाइल आने वाली है फ्रेंड्स वो आएगी आपकी ओएफपी फाइल में आएगी तो ओएफपी फाइल को सबसे पहले स्टैक करना है तो स्टैक करने के लिए मैंने यूएमटी से स्टैक किया हुआ है तो मैं आपको दिखा दूंगा ये हमारी स्ट्रेक्ट वाली फाइल है जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने स्टैक किया है यूएमटी से स्टैक किया हुआ है इसमें आपको स्केटर के रूप में बहुत ही इजीली तरीके से वर्केबल हंड्रेड परसेंट हो जाएगी तो ये देखिए हमारी स्टैक हुई हुई फाइल है तो हमने स्टैक कैसे किया है तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर पे राइट साइड में भी आप देखेंगे ये लिखा स्ट्रेक है तो एब पी को आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली तरीके से यूएम से स्टेक कर सकते हैं बिना किसी रिक्स के तो हमारी फाइल जब स्टेक हो गई फ्रेंड्स अब हमें टूल को ओपन करना है टूल को ओपन करने के बाद सिंपल सा हमें उस फाइल को लोड कर देना है वहां पे हमें ये देख सकते हैं ये हमारी एसपी फ्लैश टूल को हमने रिस्टेक्ट किया एक बार तो ओपन नहीं हुआ तो फिर से हम उसको ओपन करेंगे शायद ये तो यहाँ पे हम ओपन करने के बाद फ्रेंड्स इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेगा और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स तो ये आ, खुल के हमारा एस फ्लैश टूल खुल चुका है अब इसमें हमें फाइल को देना है स्कैट फाइल को हमें देना है जैसा कि मैं आपको बता दूं यहां पे तो ये फिर से क्लोज हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पे फ्रेंड्स हमें क्या करना है वापस से हमें रिस्टैक कर लेना है कभी भी अगर आपको ऐसा कभी दिक्कत हो तो आप उसे रिस्टैक कर लीजिए वापस से और वापस से जब आप रिस्टेक कर लेंगे तो आपका वो ओपन हो जाएगा और जो आपका प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा फ्रेंड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कर दिया यहाँ पे टूल हमारा बाईपास हो गया अब यहाँ पर हम बाईपास से क्लिक कर देंगे और फोन को हम कनेक्ट करेंगे तो सिंपल सा प्रोसेस है और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा प्लीज ये ऑफलाइन मैं फ्लैशिंग कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि डेड कर दिया था अगर आपको लग रहा है जो टाइटल है डेड बूट रिपेयर तो यहाँ पे डेड बूट रिपेयर तो नहीं यहाँ पे जो डेड था तो इस डेड फोन को हम फ्लैश कर रहे हैं बट आपको लगता है कि ये फोन एक्चुअल में डेड नहीं था तो आप उसे अदरवाइज फ्लैशिंग रूप समझ लीजिए कि आप ओप्पो को ऑफलाइन फोन कैसे फ्लैश कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ओप्पो का ए आपको YouTube में शायद ही वीडियो देखने को मिले पर हमने यहाँ पे आपको लाइव में डाल रहा हूँ क्योंकि हमारा टूल ओपन हो चुका है अब यहाँ पे हमें क्या करना है जहाँ पे हमारी फाइल स्ट्रेक्ट हुई है वहाँ पे हम जाएंगे ये तो हमारी ओ एफ वाली फाइल है फ्रेंड तो एफ पी फाइल तो हमारी लेगी नहीं तो हमें यहाँ पे देना होगा स्कैटर फाइल तो स्कैटर फाइल जो हम पे आपको देख सकते ये ओप फाइल है ये नहीं लेगा तो हमारे स्कैटर फाइल को देना है जो हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है तो ये देखिए स्टैक करके है तो हमें यहाँ पे स्कैटर फाइल को चूज कर लेना है उसके बाद यहाँ पे ओप्पो सर्वर को आपको कर देना है एंटिक और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि डेड हो सकता है तो प्रीलोडर को आप एंटिक कर सकते हैं पर यहाँ पे ऑलरेडी डेड है फोन तो हमने एंटीक नहीं किया हुआ है यहाँ पे ऑथ भी आपको फाइल के साथ ही मिल जाएगा अब सिंपल सिंपल आपको बाईपास पे क्लिक करना है और फोन को कनेक्ट करना है तो एक साथ ही आप डाउनलोड पे भी क्लिक कर दें क्योंकि तो कभी कभी होता है कि बाईपास हो जाता है फिर वो टूर कभी दिक्कत करता है पर आप दोनों ही एक साथ बाईपास को और डाउनलोड को भी एक साथ क्लिक कर दें जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कनेक्टिविटी के समय तो हम फोन को कनेक्ट कर रहे हैं तो फोन हमारा जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स उसके बाद हम आपको सारा प्रोसेस करके यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं तो बस जस्ट सेकेंड हमारा ये फोन अभी कनेक्ट हो जाएगा और जैसे ही फोन कनेक्ट हो जाएगा हमारी जो फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी ओप्पो का और हमने अभी रियल मी थ्री के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था उसको भी ऑफलाइन फ्लैशिंग किया था कैसे किया था ये सारा वीडियो आपको अगर आपको देखना है तो आप आई बटन में जा करके आप उसको देख सकते हैं तो हम फोन को कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स और फोन को कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आपको सारा स्टेप बाई स्टेप देखने को यहाँ पे मिल जाएगा तो हमने देखे एक बार कनेक्ट किया एरर आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप उसमें बिल्कुल भी टेंशन ना ले आपका ब्राउन एरर आ रहा है ये हमारा एक्चुअल में ड्राइवर का एरर है मतलब हमारा कनेक्ट अच्छे से नहीं हुआ है फिर से हम ट्राई करते हैं बाईपास पे हम ट्राई किया हमने फोन को दोबारा रिकनेक्ट करेंगे रिकनेक्ट करने के बाद आपको हमेशा ध्यान देना है कि बैटरी निकाल के वापस लगाए तो जो टाइम लग रहा है ये यह, यही प्रोसेस है तो अभी देखिए सक्सेसफुल हमारा हो चुका है कनेक्ट अब हमें सिंपल और सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर देना है हम यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे फ्रेंड तो सिंपल और सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है और हमारी कोई भी एरर नहीं आ रहा है यो हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो है ओप्पो रिलेटेड हमारा ओप्पो का A31 मॉडल है हम इसे कर रहे हैं लाइव फ्लैशिंग और ये देखते हैं कि आ, क्योंकि एक जो मेरे सामने ही आ, था बंदर की वो कर रहा था और आई एस पी के दौरान इसको डेट कर दिया गलत फाइल से छेड़छाड़ हुआ वहां पे फॉर्मेटिंग मेथड यूज किया उन्होंने और वो फोन को डेड कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं था वहाँ पे हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको फ्लैश कर रहे हैं और ये फ्लैश हमारी कंप्लीट हो जाएगी और तो जैसे ही फ्लैश हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपको प्रॉपर तरीके से करके यहाँ पे दिखाने वाले हैं तो ये हमारा प्रोसेस चल रहा है फ्लैशिंग का दोस्तों अगर ये वीडियो प्लीज अगर आपको सही लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले मैं कोई भी वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे फ्लैशिंग चल रहा है और ये फ्लैशिंग 100% सक्सेस हो जाएगा और जैसे सक्सेस हो जाएगा तो आपको आ, हमारा फोन फिर देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं होता है नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है आई एस पी पिन आउट करके फिर अच्छे से उसका बैकअप ले करके उसको हम रीप्रोग्रामिंग कर देंगे तो भी हमारा वो फोन ऑन हो जाएगा बट फ्रेंड्स ये आपका जो टूल है जो आपका ये कैसे बाईपास को हमने ड्राइवर को स्ट्रेबल किया है वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अगर आप नहीं देखोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे फ्रेंड्स और यहाँ पर आप काम नहीं कर पाओगे इसीलिए मैं फुल वॉइस के साथ आपको हर एक गाइडलाइन के और जो आपको फाइल डाउनलोड करना है फाइल डाउनलोड करने के लिए मैं तो, सीधा आप आप जाएंगे जो जो भी भी आपका लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन वर्जन वर्जन मैंने पे यूज़ किया हुआ है जो भी इसमें वर्जन था मैं गया क्योंकि जब वर्जन को लेते हैं तो कभी कभी लेटेस्ट वर्जन की जो फाइल होती है वो स्टैक हमारी नहीं होती है, मैं आपको चाहूंगा ये जब आपकी फाइल अगर स्ट्रैक ना हो तो आपको करना क्या है कि सारी चीजें वहां पर ये मैं वाई बारा का भी फ्लैशिंग आपके लिए बहुत जल्दी तो एक में बहुत जल्द रिस्टार्ट में लेकर के आऊंगा तो यहाँ पे आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में ही आपको देखने को मिल जाए या इन फ्यूचर आगे चल के आपको इसका रिस्टार्टिंग एक विवो का फोन है जो मेरा कंटेंट बना हुआ है मैं आपको विवो का वाई वारा प्रॉब्लम आपको पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो ये हमारी फ्लैशिंग चल रही है इसलिए हम फ्रेंड्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं तब तक जो हमारी बैकग्राउंड में फ्लैशिंग चल रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारी वाई बारा की फ्लैशिंग फाइल uh, हम डाउनलोड कर रहे हैं उसके बाद जैसे ही फ्लैश uh, हमारा हो जाएगा कंप्लीट तरीके से तो मैं ये भी चेक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं नाइन्टी थ्री हमारा हो चुका है यहाँ पे और जैसे नाइनटी फोर हमारा ये कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से कि हमारा जो वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी है पर वीडियो को लास्ट इंड तक जरूर देखें फ्रेंड और आप यहां पे देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर में हमारा पोर्ट भी स्टेबल है अब यहां पे जो फाइल राइट हो रही है वो यूजर डाटा की फाइल राइट हो रही है जिसमें हमारा अगर इसमें कोई पैटर्न या कोई इसमें होगा अगर इसमें डाटा बचाना होता इस डेट के कंडीशन में तो हम आपको इंस्टीट्यूट में सिखाएंगे कि इसका डाटा आप कैसे बचा सकते हैं फ्लैशिंग के दौरान पर अगर ये फोन डेड हुआ है तो जिस कंडीशन में था आप उसका डाटा बचा सकते हो फ्रेंड्स मैं ये हमारे इंस्टीट्यूट में आपको इसे टेलीकॉम में सिखाया जाएगा कि आप कैसे एक फ़ोन को फ्लैश करते समय आप डाटा को बचा सकते हैं अगर आपको पता है तो अच्छी बात है और नहीं पता है तो और आपको अपडेट होना है तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स और स्टेप बाई स्टेप आपको प्रोसीजर सिखाया जाएगा तो अब जैसे हो जाएगा तो मैं मोबाइल के द्वारा आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि हमें यहाँ पे कैसे फ्लैश करना है कैसे हमारा ये फ्लैश हुआ अगर ये वीडियो आपको प्लीज अच्छा लगा हो ये जो मैं आपको सोल्यूशन दिया हूँ ये जो फ्लैशिंग आपको दिखा रहा हूँ अगर आपको ये फ्लैशिंग में भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इसको जरूर आप हमें बताइएगा बाकी मैं कोई वीडियो फेक नहीं बनाता हूँ जो भी है जेनुन वीडियो में आपके सामने लेकर के आता हूँ सारी चीजें आपके सामने ही लेकर के कंटेंट में लेकर के आता हूँ फ्रेंड तो ये प्रॉपरली हमारा ये कम्प्लीट हो ही चुका है बस सिक्सटी परसेंट फोर्टी परसेंट और बचा हुआ है समथिंग और ये जैसे ही हो जाएगा मैं आपको अपने लैपटॉप के आ, अपने मोबाइल के स्क्रीन से आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो काम हुआ कि नहीं हुआ साइट तो इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू और उसके बाद आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेलाइकन दबाइए और दोस्तों के टेक्निशियन भाइयों के साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी ये नॉलेज पता चले कि हम इससे कैसे फ्लैश कर सकते हैं आई होब ये वीडियो काफ़ी ही डले हैं फ्लैसिंग के वीडियो ये मेरा शायद हो सकता है सेकंड या मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं आप भी अपने देख करके वीडियो को अपलोड कर सकते हैं बाकी ये अगर आपको जो जानकारी है अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमने रियलमी थ्री का भी ऐसे ही उसमें सिस्टम फाइल करप्ट हो गई थी हमने रियलमी थ्री को भी ऐसे ही फ्लैश किया था तो वो वीडियो भी आपको देखना है तो आप आई बटन में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं तो ये हमारा फ्लैश कम्पलीटली ओके हो चुका है अब हम आपको दिखाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में कि हमारा काम हुआ की नई फ्रेंड्स फ्रेंड्स फाइनली आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन वही फ़ोन है जो कि हमने आपको दिखाया था ये प्रॉपरली डेड था तो इसको हम आई के द्वारा किसी ने इसको डेड कर दिया था फ्रेंड तो हमने जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डन हो चुका है हमने सारा चीज़ आपको दिखाया इंटरफेस करके सारा चीज़ तो ये फ़ोन आप देख सकते हैं प्रॉपरली ये हमारा ऑन हो चुका है और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये ट्रिक और ये जो हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया सारा चीज़ बताया कि आपको फाइल कैसे डाउनलोड करनी है फाइल कैसे आपको स्टैक करना है कैसे क्या चीज़ सारा चीज़ करना है यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्नर पे उसकी फाइल भी दिखाई दे रही है सारा चीज़ हमने स्टैक सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है फ्रेंड्स तो ये थोड़ा सा फ्लैश होने के बाद हमारा देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कंप्लीटली फ्लैश हुआ फ्रेंड और कंप्लीटली फ़ोन फ्लैश होने के बाद कोई भी एरर नहीं आया जो भी एरर आया जो भी था वो आपके सामने हमने यहाँ पर लाइव किया हुआ है तो वीडियो अगर प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा है oppo का a31 offline flashing ऑफलाइन फ्लैशिंग भी है जैसा कि आप देख सकते हो अगर हम इसको फ्लैशिंग की बात करें तो फ्लैसिंग मैथड भी सेम प्रोसेस है पर मुझे पता है कि किसी टेक्नीसन ने यह डेड किया था जो कि मेरे सामने ही ये आई एस पी के द्वारा डैड हुआ था फ़ोन जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ और जैसे कम्प्लीट हुआ वैसे ही मैंने फ़ोन यहाँ पर कर करके दिखा है ये ओप्पो का तो अगर अगर आप किसी भी यूज़र को ये लग रहा होगा कि ये फेक वीडियो है या हमने पावर की नहीं हटाई फ़ोन में भी आपको खोल के दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से सिल्ट लॉक है मतलब सील लगा हुआ है तो अगर किसी को लग रहा होगा कि ये फेक है तो आप उसको फ्लैशिंग मेथड ले लेना पर कभी भी किसी की मेहनत को आप तो फालतू ना बोलें हम तो यही बोलेंगे आपसे अगर आपको लग रहा है कि इससे हमारा सक्सेस नहीं हुआ है तो हम मैं तो ये बोलूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप इसे फ्लैसिंग मैथड समझ लें कि इसे ऑफलाइन हम कैसे फ्लैश करते हैं ओप्पो के फ़ोनों को हम ऑफलाइन कैसे फ्लैश करते हैं ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं तो फाइनली हमारा फ़ोन ये ऑन हो चुका है जब ऑन हो चुका है फ्रेंड तो हमें सिंपल और क्या करना है स्टार है 813 सौ हैज़ और यहाँ पे कंप्लीट कर देना है और ये हमारा चटकी में आप देख सकते हैं रिपेयर हो चुका है ये फ़ोन प्रॉपरली जो ऑफ था तो मतलब डेड हो गया था फ्रेंड्स ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है कम्प्लीटली तरीके से आप देख सकते हैं हमारा ये फ़ोन ऑन हो चुका है अब इस पे मैं एक पैटर्न की भी वीडियो बनाऊंगा काफ़ी कुछ देर के बाद और इसमें आपको पैटर्न अनलॉक करके भी दिखाऊंगा सारी चीज़ यहाँ पे करके तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले कमेंट करके बताएँ हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा है तो आप देख सकते हैं ये वही फ़ोन था जो कि आपके सामने सारा प्रोसेस हमने किया हुआ है और ये तरीके से अनलॉक हो गया है तो भाई वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच